दोस्तों आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि झारखंड में इंटरनेट सुविधाएं क्यों बंद कर दी गई है तो मैं बताना चाहूंगा झारखंड के एक जिले गिरिडीह में एक छोटा सा गांव है करीडी जहाँ सरस्वती पूजा के मौके पर जुलूस निकाला गया था और वहा हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया था और वही दो हिंदू लड़काओं की हत्या कर दी गई थी जिसका वजह माना जा रहा है ट्रेरिक अटैक यानी कि आतंकवादी हमला तो दोस्तों आतंकवादी एक दूसरे से कम नहीं कर सके इसलिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है और जल्द ही इंटरनेट सुविधाएं खोल जाए आप लोग चिंता मत लीजिए इन्फॉर्मेशन के अनुसार कल तक इंटरनेट सुविधाएं खोल सकती है तो इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन था मिलते हैं गले वीडियो में तब तक तो के लिए बात